तो हेलो गाइस कैसे आप लोग आई होप सब बढ़िया ही होंगे बढ़िया ही होने चाहिए और आज भी इधर ही हूँ मतलब घर से आया हूँ गया आज पेमेंट भी लाया उसका व्लॉग अलग आएगा और ये व्लॉग अलग है तो डेली कंटेंट नहीं बन पा रहा यार डेली कंटेंट नहीं बन पा रहा है क्यों क्योंकि इतना ज़्यादा शेड्यूल टाइट है कि मैं टाइम ही नहीं मिल रहा कि ब्लॉग करूँ करके और यहाँ पर एक बारी मैं अगर ऊपर चढ़ गया दिखाता हूँ मैं कितनी ऊपर इतनी ऊपर कोई चढ़ जाएगा और रिटर्न उसको पैदल जाने बोलेगा कोई जाएगा क्या नहीं जाएगा ना तो यही वजह है।, है कि मैं नीचे नहीं जा रहा हूँ मतलब अगर नीचे जाऊँ तो कंटेंट बनेगा ओपर रहे कि मैं कंटेंट क्या ही बनाऊँगा तो इसलिए मैं नीचे नहीं जाता हूँ तो कंटेंट नहीं आ पा रहा है और पापा भी बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे हैं बोल रहे थे कि ये सब क्या फालतूगिरी कर रहे तो वीडियो वीडियो, वीडियो बना रहा है यूट्यूब वीट्यूब छोड़ दे पढ़ाई पर ध्यान दे ऐसा वैसा देखते देखो हर एक चीज़ पढ़ाई नहीं होती मैं तो मेरे मेरा ओपिनियन हर एक चीज़ पढ़ाई नहीं होती पढ़ाई करो एज ए नॉलेज हर कोई पढ़ो पढ़ाई भी ज़रूरी है थोड़ा बहुत पढ़ना जरूरी है क्या बोल सकते हैं अभी कैसा आज के टाइम में हर भाई जब सोशल मीडिया से इतनी अर्निंग कर सकता है तो फिर क्यों मतलब इतना ज़्यादा क्यों टाइम वेस्ट करने का चार साल पाँच साल दस साल कोई कोई तो सात सात साल अपना वेस्ट कर रहे हैं कि जो है हम डॉक्टर बन जाएंगे इंजीनियर बन जाएंगे पर कोई बन नहीं पा रहा है क्यों उनके तो फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी रहेगी तो बन सकते हैं हाँ हर जगह आज के टाइम में छः लाख सात लाख रुपया लग तो वही सोचता हूँ मैं कि पढ़ाई करके भी पैसे भरने हैं और नहीं भी करना है तो भी पैसे भर के ही जॉब मिल रही है तो पढ़ के क्यों मतलब टाइम वेस्ट हो रहा है ना तो यही सब था हाँ बहुत ज़्यादा लेक्चर दे एरिया मैं तो आज मैं ऐसे ही फ्री था तो ऐसे मैं बोला घूमने थे थोड़ा आपको दिखाता हूँ और मुझे तो ये एरिया बहुत पसंद है आज छुट्टी थी फिर भी मैं सोचू कितना दूर से मैं नाला सुपारा से परभा देवी आया हूँ बस देखने के लिए कि काम कितना हुआ है तो जो कल का काम था उसी पर मैं यहाँ पे आया हूँ देखने के लिए और तो मुझे थोड़ा बहुत काम था वो करवाना था तो अभी हुआ नहीं है चलते हैं अभी घर पे फटाफट से अभी जस्ट मैं घर पे पहुंचा और वहाँ फ्लैट से निकलने के बाद मतलब ट्रेन का थोड़ा सा मैंने वीडियो शूट किया था और उसके बाद और कफोर और बहुत चिल्लाएंगे कि ये रात का टाइम है और ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था जो मैं कर रहा हूँ रात में सब नहीं बनता है जो मैं बना रहा हूँ दिखा अंडा है अंडे के साथ रोटी है ये चलेगा ये डन ये चीज़ नहीं बनानी चाहिए थी मुझे पक्का है पक्का मुझे फ़ोन करके नहीं तो नहीं डाट पड़ने ही वाली है ये मैं बना रहा हूँ चाय क्योंकि मैं सोच रहा हूँ अंडा और रोटी खा लेंगे उसके बाद जो अंडा रोटी खा लेंगे और उसके बाद थोड़ा सा चाय पी लेंगे चाय पीने के बाद सो जाएंगे और सुबह उठ के फिर से अंडा ऑमलेट बना के और मैंने पाव ला रखा है वो भी खा लूँगा तो फटाफट से अंडे को मिक्स करते हैं और उसके बाद अंडे को अंडे को मिक्स करता रहा हूँ अभी इसको बनाने का मतलब मैं खाना बनाने को बना लूँ पर कैसा आज आलस आ रही है मन नहीं कर रहा है बनाने का तो इसको बनाते हैं और ब्लॉगिंग की वजह से अब तो हर एक हर एक बात मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ तो मैं ऐसे हर एक चीज़ नहीं डालता हूँ ब्लॉग में बहुत कम चीज़ डालते हैं हाँ तो ये मैं बहुत कम चीज़ डालता हूँ तो ये ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा तो उम्मीद है ये आपको पसंद आएगा पसंद आए तो लाइक कमेंट से चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो बहुत बार बोल चुका हूँ तो और आप लोगों को बहुत अच्छा प्यार आ रहा है रोज एक दो सब्सक्राइबर आ रहे हैं ऐसे ही करते रहो सब्सक्राइब तो डन